तो हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके सामने पर इसे हाजिरों ने इन्फॉर्मेशन लेकर नए नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब के डिटेल लेकर तो आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हरियाणा के दोस्तों एक बड़ी अपडेट है जो कि आप सभी तक शेयर करने में जरूरी है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के कर लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को दबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक रहते हैं तो चलते हमारे वीडियो की तरफ वीडियो बहुत नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों तो दोस्तों सी हरियाणा रजिस्ट्रेशन 2022 का आपने किया था उसका एग्ज़ाम जो है जल्दी ही होने वाला है इस साल 2022 के अंदर ये दोस्तों तो नोटिस है जो कि रिलीज़ किया गया है सी हरियाणा रजिस्ट्रेशन दो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज़ सून गोइंग टू रिलीज सी हरियाणा नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ मई फ़र्स्ट एंड सेकंड मई इन्वाइटेड अपलिकेशन सी ई टी हरियाणा थ्रू एच एन वन टर्म रजिस्ट्रेशन पोर्टल हरियाणा डॉट जी ओ वी तो इस वेबसाइट पर आपने जाके रजिस्ट्रेशन जो है किया होगा तो उसका जो एग्ज़ाम है वो इस साल जो तो इस मंथ में वहीं जून के अंदर आपका हो जाएगा ठीक है वो अपडेट है तो वो उसका नोटिफिकेशन जो है अभी रिलीज़ किया गया है ड्यूरिबल लैक्स ऑफ प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट वॉब्स इन हरियाणा विल बेनिट इट कैन ऑल्सो भी कॉल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सी सीएटी आपका जो इस साल होना है इससे जुड़ी बड़ी अपडेट है जो इम्पोर्टेंट डेट्स इसकी थी जो आपने अप्लाई किए थे 12 12 जनवरी 2021 में जो आपने किए थे अप्लाई ठीक है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था एक दस मई को 2022 हज़ार के अंदर तो उसका जो एप्लीकेशन फीस आपने जो फी पे करी थी पाँच सौ करी थी यहाँ और एस एस एस सी कैंडिडेट ने ढाई सौ रुपये फ़ीस यहाँ पर फीस पे करी थी और टोटल यहाँ पर पाँ पचास हज़ार वैकेंसीज़ के लिए जो सी एग्ज़ाम जो कि है होने वाला है ठीक है दोस्तों वो तो बहुत सारे नई जॉब्स फीस इसमें निकलने वाली है सी के जरिए तो आप सभी अपने प्रिपेशन करें और एज लिमिट इसमें फोर्टी टू है फोर्टी टू तक आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो ग्रूप सी और डी दोनों ही टाइप की जो वैकन्सिज हैं सी के जरिए जो कि फिल करी जाएंगी ट्वेल्थ पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर वो टेंथ पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और आगे नोटिस दिया गया है दोस्तों बैन नबर हरियाणा स्पला प्लस इंफॉर्मेशन एक्स एल एस रिक्वायरमेंट प्रोसेस ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट कॉमन विल बी इन्फॉर्म एलिजिबल बे टू सी स्कोर सी स्कोर के जरिए आपको जो है सिलेक्शन यहाँ पर दिए जाए यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया गया है और यहाँ पर सब्जेक्ट आपके जो इस साल जो एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है उस पर आपका आएगा रीजनिंग मैथ साइंस कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी 70 क्वेश्चन सेवेंटी मार्क्स के और हरियाणा जी के अगले तीस क्वेश्चन तीस मार्क्स के आने वाले हैं टोटल जो क्वेश्चन हैं आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पर आने वाले हैं और हरियाणा सी का जो सलेबस है वो मैथ साइंस कंप्यूटर फंडामेंटल इंग्लिश हिंदी हरियाणा जी के सब ये सब्जेक्ट जो है आपके आने वाले हैं ठीक और एक नोटिफिकेशन है जो कि आपको तो तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है कैश ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पहले तो ये जो नोटिस है आ, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ पहले ये ओपन हो गया है तो फिर आप देखना इसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम है वो इस साल हो जाएगा तो ये नोट नोटिफिकेशन जो है जो क्या है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से गैस्टेड एक्स्ट्रा पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी तो नोटिफिकेशन है आपका पाँच मई का ठीक है तो ये देखो आप पाँच मई का ये जो नोटिफिकेशन है जो ये आया है <coughs> तो इसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको पचानवे प्रतिशत मार्क्स आ सामान्य पात्रता परीक्षा के रहेंगे मन कि आपका नॉर्मल जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू आपका एग्ज़ाम होगा और जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपको पाँच मार्क्स मैक्मम आपको पाँच मार्क्स मिलेंगे इससे ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं ठीक है दोस्तों और सभी कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और सभी कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म भी फिल किया होगा सी ए का तो उन सभी का एग्ज़ाम जो है इस मंथ हो जाएगा मई या जून के मई का फर्स्ट वीक अभी चल रहा है तो जून के फर्स्ट वीक तक आपका जो एग्ज़ाम था वो हो जाएगा ठीक है दोस्तों और यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका 95% जो सीटी आपका सी के जरिए होगा 5% आपका यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक का क्राइटीरिया जोड़ा जाएगा ठीक है दोस्तों आगे देख लेते हैं बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए तो ये जो नोटिस है जो अभी अभी आया है ठीक है दोस्तों आपका इस साल जो है एग्जाम हो जाएगा और मैक्सिमम बच्चे यहां पर सिलेक्शन लेंगे क्योंकि जो सिलेबस आपका लो रहेगा कंपटीशन भी यहां पर लो रहेगा आपका और सभी कैंडिडेट यहाँ जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं अप्लाई करना ना भूलें, सभी कैंडिडेट अप्लाई करें और उनका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये बड़ी अपडेट थी दो एक चीज़ जो कि आप सभी तक शेयर करने की जरूरी थी वीडियो कैसा लगा उन्हें कमेंट करके जरूर बताया yeah, yeah, yeah, yeah. वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बैलाइकन पर रवाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारी वीडियो आपसे भी तक पहुँचते रहते हैं थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट गुड इवनिंग